चैलेंज आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे आपको फोटो में रेड मारियो ग्रीन मारियो और टोड मारियो दिखाई दे रहे हैं इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना उत्तर बताइए आपके पास चार ऑप्शन है ऑप्शन ए छः ऑप्शन बी पाँच ऑप्शन सी दस या ऑप्शन डी सात सही उत्तर देने वाले लोगों का नाम हम